अभी चूँकि उन लोगों ने अपना एक निर्णय किया है अच्छी बात है मैं उसका स्वागत करता हूँ कि आंदोलन को समाप्त किया है और सभी धरने उन्होंने उठा लिए हैं अब उनसे बातचीत चल रही है कि कितने लोगों का उसमें नाम है जिनकी मृत्यु हुई है ऐसा एक वेरिफिकेशन का काम हम करेंगे जैसे वो सूची उनकी आएगी उनकी सूची उन्होंने दी भी है तो हमारे दिपार्ण, पुलिस डिपार्टमेंट उसका वेरीफाई करके और फिर उनके साथ बैठेंगे तब तक करेंगे मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है और उसमें भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एस डी मिलकर के और वहाँ रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने मुकदमे तुरंत इमीजिएटली वापस लिए जा सकते हैं कितने ऐसे हैं जो पहले कोर्ट में चले गए हैं उनको कोर्ट के द्वारा वापस कराना पड़ेगा तो उसमें कई प्रकार की कैटेगरीज हैं उनका अलग अलग समय पर वापिस टॉल तो कुल मिलाकर के पहले भी लगता था अभी भी लगेगा टॉल में जब टॉल खुल जाएंगे तो उसके फेयर नहीं बढ़ने वाले हैं कोई चूँकि टॉल तो पहले इनबिल्ट सारी चीज़ों में ये ठीक है कि कुछ टॉल नहीं लिए जा रहे थे या टॉल किसी और रूप में भी लोग उनसे कलेक्शन कर रहे होंगे लेकिन कुल मिलाकर के उसका कोई किसी प्रकार का अंतर रेट्स पर नहीं अभी के उन लोगों ने अपना एक निर्णय किया है अच्छी बात है मैं उसका स्वागत करता हूं कि आंदोलन को समाप्त किया है और सभी धरने उन्होंने उठा लिए हैं